इतना आसान नहीं अपनी बस्ती से हिजरत मेरी जहाँ शहर जाती हुई गाड़ियाँ गांव में बच गए उन बुजुर्गो को हारन नहीं गालियाँ देके गुजरी इतने दिन हो गए तेरी जुल्फों के साय में आए हुए फिर भी कोई खला है जिसे तेरी मौजूदगी भी नहीं भर सकी